कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पाठ्यक्रम में इस सत्र में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को किस तरह प्रोग्राम में हैंडल किया जा सकता है अब तक जो हमने पिछले सत्र में देखा कि हमारे पास कैर टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम कैरेक्टर की एसकी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं ये एसकी कोड वास्तव में न्यूमेरिकल नंबर होते हैं इन्हें इंटीजियर नंबर की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है हमने ये भी डिस्कस किया कि स्ट्रिंग को किस तरह एरे में कैरेक्टर के सीक्वेंस के रूप में स्टोर किया जा सकता है इस सत्र में डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्ट्रिंग को मीनिंग फुली हैंडल कर सकते हैं पर हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग पर किस तरह कुछ यूजफुल ऑपरेशन कर सकते हैं विशेष तौर पर हम कुछ इनबिल्ड फंक्शन को देखेंगे जिसे सी प्लस प्लस लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है यह समझना आवश्यक है कि सी वास्तव में स्ट्रिंग को दो भिन्न तरीकों से हैंडल करता है यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है यह कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट को देखना यूजफुल होगा बियारने स्ट्रॉस्ट्रुप जिसने सी प्लस प्लस को इन्वेंट किया था उसने इस लैंग्वेज की डिजाइन सी लैंग्वेज पर बिल्ट की है जो उस समय मौजूद थी सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता इसे वास्तव में प्रोसीजरल लैंग्वेज के रूप में क्लासीफाई किया गया है दूसरी ओर C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था साथ ही इसमें C लैंग्वेज के सभी प्रोसीजर फीचर को भी परमिट किया गया है जो भी हमने अभी तक इस कोर्स में डिस्कस किया है वह सी में यूज किए गए सी लैंग्वेज के प्रोसीजर फीचर से संबंधित हैं हम प्रोग्रामिंग कोर्स के सेकेंड पार्ट में अध्ययन करेंगे उन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का जो सी स्टाइल स्ट्रिंग हैंडलिंग से लिए गए हैं यह जानना यूजफुल होता है कि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग दो तरीकों से बनाई जा सकती है पहला तरीका कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैर टाइप का एरे यूज करना यह वास्तव में वही तरीका है जो हम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में डिस्कस करेंगे हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग के स्टाइल में स्ट्रिंग को एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन किया जा सकता है जो कि उस क्लास को बिलोंग करता है जिसे स्ट्रिंग क्लास कहते हैं बहुत सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सुविधाएं और फंक्शन उपलब्ध हैं जब हम C++ के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम कोर्स के अन्य भाग में करेंगे तो चलो कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिफाइन और यूज करना कंटिन्यू करते हैं सी में हम पहले ही देख चुके हैं कि स्ट्रिंग को कैर टाइप के एरे में स्टोर किया जा सकता है हम नोट करें कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्लैश जीरो जिसकी वास्तव में जीरो वैल्यू होती है ये जीरो वैल्यू स्ट्रिंग के अंत में स्टोर होती है स्ट्रिंग को होल्ड करने वाले एरे में इस एक्स्ट्रा वैल्यू को होल्ड करने के लिए एडिशनल एलिमेंट होना चाहिए यदि स्ट्रिंग के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं है तो हम इस स्ट्रिंग को एरे में सी इन स्टेटमेंट यूज करके डायरेक्टली रीड कर सकते हैं सी इन स्टेटमेंट द्वारा रीड की गई स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर स्लैश ज़ीरो अपने आप ही कंपाइलर द्वारा स्ट्रिंग के अंत में इंसर्ट कर दिया जाता है दूसरी तरफ यदि हम कैर टाइप एरे के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्लैश ज़ीरो कैरेक्टर अंत में इंसर्ट होना चाहिए यह एक प्रोग्राम है दिए गए स्ट्रिंग लेंथ पता करने का ध्यान दें कि स्ट्रिंग को सिक्स लेंथ के एरे वर्ड के रूप में डिफाइन किया गया है नोट करें कि इस एरे में यह स्ट्रिंग केवल फाइव कैरेक्टर तक के वर्ड को रख सकती है क्योंकि सिक्स कैरेक्टर पोजीशन का यूज स्लैश जीरो इंसर्ट करने के लिए होना चाहिए बेशक स्लैश जीरो पहले भी आ सकता है यदि स्ट्रिंग की लेंथ फाइव कैरेक्टर से कम हो तो यहां हम इनपुट स्ट्रिंग को सिंपली सी इन से रीड करते हैं अब हम स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं हम पहले से ही परिचित हैं एरे की स्कैनिंग से हमारे पास इंडेक्स आई है जो कि जीरो से लेस दैन सिक्स तक चलता है हर बार एक इंक्रीज होना एरे के हर एलिमेंट में आइटरेट होने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर लूप कंस्ट्रक्ट है हम एग्जामिन करते हैं कि क्या एरे वर्ड का आइथ कैरेक्टर या आइथ पोजिशन स्लैश जीरो है यदि है तो स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और लूप को ब्रेक कर दिया जाता है अन्यथा यहाँ हम लूप से बाहर आ जाते हैं चाहे i की वैल्यू कुछ भी हो और इसे वर्ड लेंथ में असाइन कर दिया जाता है हम स्ट्रिंग की लेंथ को वर्ड लेंथ के रूप में आउटपुट करते हैं यह प्रोग्राम अच्छी तरह से कार्य करता है हमने जैसा सोचा था परंतु इस इंटरेस्टिंग व्यवहार को देखें यदि हम इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक यूज करके एग्जीक्यूट करवाते हैं उदाहरण के लिए और इनपुट स्ट्रिंग के रूप में हेलो देते हैं तो प्रोग्राम करेक्ट लेंथ फाइव देता है क्योंकि हेलो स्ट्रिंग में फाइव कैरेक्टर हैं। इसलिए यदि इनपुट स्ट्रिंग एब्रा का डबरा है तो प्रोग्राम सिक्स लेंथ शो करता है ये ऐसा क्यों करता है वास्तव में कुछ कंपाइलर डिफरेंटली कार्य करते हैं और रन टाइम एरर भी प्रोड्यूस करते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों यदि आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फोर लूप i इक्वल जीरो आई लेस देन सिक्स तक चल रहा है क्योंकि हमारे एरे का साइज सिक्स है इसलिए फिर हम लार्ज स्ट्रिंग जैसे एब्रा का डबरा इनपुट करते हैं कंपाइलर किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है इस आधार पर या तो लूप एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है या कुछ रन टाइम एरर देता है क्योंकि आप एरे में अतिरिक्त कैरेक्टर को स्टफ करने की कोशिश कर रहे हैं जो एरे 11 कैरेक्टर से कम लंबा है तो सी इन कमान स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को एरे वर्ड के केंजिक्यूटिव एलिमेंट में रीड करता है और अंत में स्लैश जीरो को इंसर्ट करता है अब इनपुट स्ट्रिंग सिक्स कैरेक्टर से कम होने पर यह कार्य करता है परंतु एब्रा का में 11 कैरेक्टर हैं अब C++ कोड ब्लॉक में इन दो में से एक चीज करेगा यदि हम इस प्रकार की स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेते हैं यह सब्सिक्वेंट लोकेशंस में अतिरिक्त कैरेक्टर को एरे वर्ड के साइज से अधिक पुट करेगा अब बेशक हम नॉनसेंस कर रहे हैं क्योंकि हम मेमोरी में लोकेटेड नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर को होल्ड कर सकें लेकिन सी प्लस कर सकता है फॉरलूप हालांकि अपने नॉर्मल रन को पूरा करने के बाद एग्जिट हो जाता है जो कि आई सिक्स का अंत है तो i की वैल्यू सिक्स होगी जो कि वर्ड लेंथ के लिए असाइन होगी वर्ड लेंथ सिक्स प्रिंट होगी परंतु एरे वर्ड में वेल फॉर्म स्ट्रिंग नहीं होगा क्योंकि सिक्स पोजीशन में स्लैश जीरो उपलब्ध नहीं है तो C प्लस प्लस हमसे उम्मीद करता है कि हम चेक करें कि एरे बाउंड एक्सीड तो नहीं हो रहा है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सी की नहीं इसे करने का अच्छा प्रोग्राम है यदि आई इक्वल सिक्स फिर कहे इनवैलिड स्ट्रिंग जिसका अर्थ है सी इन ने स्ट्रिंग रीड कर लिया है परंतु शायद सिक्स कैरेक्टर से कम के स्ट्रिंग को फाइंड नहीं कर पाया तो इसने कुछ अजीब किया है परंतु जब हम बाहर आते हैं i बराबर था सिक्स के अब जब हम i इक्वल्स फाइव पर पहुंचते हैं मैं स्लैश जीरो नहीं फाइंड करता जो कि एरे में सिक्स पोजिशन में था फिर वह स्ट्रिंग इनवैलिड स्ट्रिंग है तो हम एरर के साथ रिटर्न हो जाते हैं अन्यथा हम प्रिंट करते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ वर्ड लेंथ है परंतु अच्छा तरीका ये होगा कि हमेशा एरे को पर्याप्त बड़ा साइज का डिक्लेयर करें उदाहरण के लिए कैर वर्ड फिफ्टी आमतौर पर वर्ड इससे कम ही होते हैं इसलिए हम बहुत यकीन कर रहे हैं कि यदि हम इस एरे में स्ट्रिंग को रीड करें हम वर्ड को रीड करें वर्ड ठीक से समायोजित हो जाएगा वास्तव में सी लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि दिए गए स्ट्रिंग में अपने आप लेंथ को कैलकुलेट कर देते हैं इसे कहते हैं। हमें इसी लाइब्रेरी को अपने हेडर में इंक्लूड करना होता है। तो हम कहते हैं #include cstring। सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी वास्तव में सी टाइप का स्ट्रिंग हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शन है और हम इसको इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में दिए गए इनपुट स्ट्रिंग को एरे में रीड करने के बाद वर्ड लेंथ इक्वल्स एस टी आर एल एन वर्ड ये सही कैलकुलेट कर देगा बल्कि यह बिल्कुल वही काम करेगा जो हमने अपने प्रोग्राम में किया था यह वर्ड एरे को तब तक स्कैन करेगा जब तक यह स्लैश जीरो फाइंड नहीं कर लेता और सही वर्ड लेंथ कैलकुलेट करेगा और इसे लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करेगा आगे चलते हैं सेंटेंस में कई वर्ड ब्लैंक स्पेस से या पंक्चुएशन से सेपरेट हो सकते हैं C++ के स्टेटमेंट में दुर्भाग्य से इनपुट रीड करना स्टॉप हो जाता है जब यह ब्लैंक स्पेस से एनकाउंटर होता है क्योंकि ब्लैंक स्पेस या रिटर्न की का प्रेस एक इनपुट वैल्यू के एंड को दर्शाता है यदि मुझे स्ट्रिंग रीड करनी है तो स्ट्रिंग में ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता हमें ऐसी सुविधा चाहिए जो कि टेक्स्ट की पूरी लाइन को रीड कर सके चाहे इसमें बीच में ब्लैंक हो या ना हो भाग्यवश लाइब्रेरी फंक्शन यह सुविधा देता है मैंने यहाँ सूचित किया है फंक्शन के यूज को जिसे गेट स्ट्रिंग कहते हैं जो कि वास्तव में गेट स्ट्रिंग है आप नोट करना चाहेंगे कि गेट्स पुराना हो चुका फंक्शन है इसलिए बाद में हम फाइल मैनेजमेंट और फाइल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह फंक्शन को ठीक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इस तरह की चीजें कर सकें आजकल गेट्स प्राय सभी कंपाइलर में ये काम करता है जो हमने देखे हैं जब हम इस प्रकार के गेट स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं ये पूरी लाइन को रीड करेगा लाइन कैरेक्टर के अंत तक जो हमने टाइप किया है हमें एक अन्य लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना चाहिए जिसे सी एस कहते हैं ये कुछ नहीं बस हमारी एस टी ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम प्रकार की लाइब्रेरी है ये सी स्टाइल लाइब्रेरी होने के कारण इसे सी एस कहते हैं इसका कार्य कैरेक्टर को न्यू लाइन कैरेक्टर तक इनपुट करना है इसलिए न्यू लाइन कैरेक्टर खुद ही जब ये एनकाउंटर होता है स्ट्रिंग में अंदर ही स्लैश जीरो से रिप्लेस हो जाएगा तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें सेंटेंस में वर्ड को काउंट करना है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने सेंटेंस में कई वर्ड लिखे हैं हेलो हाउ आर यू उदाहरण के लिए प्रत्येक वर्ड एक दूसरे से एक ब्लैंक से अलग है हम इन वर्ड को कैसे काउंट करेंगे ठीक है, पहले हम इस सी लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे फिर हम सेंटेंस एरे को डिफाइन करें जो कि कैर टाइप का एरे होगा पर्याप्त लंबा होगा कि 200 एलिमेंट को होल्ड कर सके वास्तव में एक कैरेक्टर को क्योंकि लास्ट कैरेक्टर पोजीशन, आपको याद होगा कि स्लैश जीरो के लिए रिजर्व होना चाहिए मैं यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करने को कहता हूँ और गेट्स फंक्शन को यूज करने को कहता हूँ ये गेट्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो सेंटेंस हम इनपुट के रूप में टाइप करते हैं कृपया नोट करें कि यह सेंटेंस कैरेक्टर से छोटा है जो कि वही है जो हम उम्मीद कर रहे थे फिर अपने आप ही गेट स्टेटमेंट द्वारा स्लैश जीरो इंसर्ट हो जाता है तो हमें सेंटेंस के अंदर वेल फॉर्मड स्ट्रिंग मिल जाती है अब हम एरे स्कैन को सेटअप करेंगे फॉर आई इक्वल जीरो यदिरेक्टर स्लेश /0 है हम जानते हैं कि सेंटेंस खत्म हो चुका है और इसलिए हम लेंथ को आई के बराबर निर्धारित करते हैं कृपया याद रखें हम उस फंक्शन का भी उपयोग स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं जिसे कि हमने पहले के उदाहरण में परिचय करवाया था फिर हम वर्ड काउंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम एरे को स्कैन करेंगे जो कि सेंटेंस को होल्ड करता है जिसका नाम सेंटेंस एरे है आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड जिसे इम्पैक्ट कर सकते हैं इस फॉरलूप को सेटअप करने के लिए है जो कि i इक्वल जीरो से i लेस देन लेंथ तक वन इंक्रीमेंट के साथ चलेगा ये सेंटेंस में स्टोर हर कैरेक्टर को एग्जामिन करेगा यदि वह कैरेक्टर ब्लैंक है मुझे पता है कि एक वर्ड खत्म हुआ है और दूसरा वर्ड शुरू हुआ है फिर जो आगे मुझे करना है वह है मैं नंबर ऑफ वर्ड को वन से इंक्रीमेंट करता हूँ एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को डालता हूँ और एंड से कंटिन्यू करता हूँ मैं सेंटेंस आय का आउटपुट दूंगा जो कि वास्तव में आयथ कैरेक्टर है तो कृपया नोट करें कि मैं क्या कर रहा हूं कि यदि यह सेंटेंस ब्लैंक नहीं है मैं यहां वापस आ जाऊंगा और उस कैरेक्टर को आउटपुट करूंगा यदि सेंटेंस ब्लैंक है मैं वर्ड को वन से इंक्रीज कर दूंगा और एंड को पुट करूंगा ये इस बात को सुनिश्चित करेगा की वर्ड का कंटिन्यूस कैरेक्टर कंटिन्यू उसी लाइन में प्रिंट होता रहेगा परंतु जब भी वर्ड का एंड होगा न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट किया जाएगा तो अगला वर्ड अगली लाइन में प्रिंट होगा ये कंटिन्यू रहेगा और जब यह पूरा फॉर लूप खत्म होगा मैं अपनी स्कैनिंग कर चुका होऊंगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि दिए हुए सेंटेंस में कई वर्ड्स हैं नोटिस करें कि नम वास्तव में इस द्वारा काउंट किए गए टोटल नंबर को कंटेन करेगा क्या ये काम करेगा ये हर वर्ड को अलग लाइन में प्रिंट करेगा परंतु वर्ड काउंट वास्तव से एक कम प्राप्त होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनमिना लॉजिक है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही दिखता है परंतु लास्ट वर्ड के बाद में स्पेस नहीं थी तो वर्ड काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा हमें एक्चुअली एंड ऑफ वर्ड को या तो ब्लैंक स्पेस को देखकर या स्ट्रिंग के एंड को देखकर चेक करना चाहिए जो कि एनकाउंटर होता है जब लास्ट वर्ड फिनिश होता है यह काम करेगा यहां कुछ इंटरेस्टिंग व्यवहार है जो कि आप इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए अभी भी देख सकते हैं मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसमें से कोई अन्य करेक्शन फाइंड करें जो कि इस प्रोग्राम में ज़रूरी है सारांश में हमने इस सत्र में अध्ययन किया कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को किस तरह हैंडल किया जाता है अगले सत्र में हम कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है धन्यवाद